हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आज हम फिर से लेके आए हैं टॉप 15 यूनिक गैजेट्स तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें क्योंकि हम आपको इसमें एक से बढ़ एक यूनिक गैजेट्स आपको दिखाने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसी लिस्ट में हमारा पहला जो गैजेट है उसका नाम है मैजिक शावर हेड यह दस के का इनडोर तथा तो आउटडोर परफेक्ट काम करने वाला शावर आप इसका इस्तेमाल कभी भी और कहीं भी काफी आसानी के साथ कर सकते है इसे आपको केवल पानी के नल तथा बिजली से कनेक्ट करना होता है फिर आपकी जहाँ पे मर्जी हो वहाँ पे आप इसे रख दें और इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप इसके ऊपर अपना वजन जैसे ही रखेंगे या चारों तरफ से पानी के फुहारे निकलना शुरू हो जाएगा जो कि आप इंडोर या आउटडोर शावर का मजा काफी आसानी के साथ ले सकते हैं। इस लिस्ट में हमारा दूसरा जो गैजेट है उसका नाम है डीटो समार्ट टी यह एक स्मार्ट तरीका है पोटेटो तथा ऑनियन टाइप के सब्जी के छिलके को अलग करने का इसके अंदर केवल एक बार में आप दस के सब्जी को ही डाल के उसके छिलके को अलग कर सकता है आप पोटैटो के छिलके को अलग करें या फिर ऑनियन के छिलके को अलग करें या 10 के जी सब्जी के छिलके को मिनटों में अलग करके दे देता है इस लिस्ट में हमारा तीसरा जो गैजेट है उसका नाम है क्विक कट हार्वेस्टर अगर आप एक किसान हैं तो यह गैजेट आपके लिए परफेक्ट है आप किसान है और सब्जी की खेती करते हैं तो आपको मालूम होगा की साग की कटाई करते समय कितना ज्यादा मेहनत लगता है और पैसा खर्च होता है यानी की समय भी लगता है लेकिन इस गैजेट की मदद ऐसी अब आपको ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लगने वाला क्योंकि इस गैजेट की मदद से आप स्मार्ट तरीके से और काफी जल्दी आप साग की कटाई कर सकते हैं इसे केवल आपको चार्ज करना होता है एक बार यह फुल चार्ज होने पर करीब दो घंटे तक लगातार साग की कटाई कर सकता है अगर इसके पूरे वजन की बात करें तो 4.5 केजी है इस लिस्ट में हमारा चौथा नंबर जो गैजेट है उसका नाम है रोय नेक्स एस्टर्म यह एक स्मार्ट क्लीनिंग वैक्यूम है जो किसी भी प्रकार के कचड़े को क्लीन करने में पूरी तरह ऐसी सक्षम है चाहे कचरा ठोस पदार्थ में हो या लिक्विड पदार्थ में हो चाहे कचरा बेड गिरा हो या फर्श पे या गाड़ी के सीट पर या किसी भी प्रकार के कचड़े को क्लीन करने में पूरी तरह से सक्षम है केवल आपको इसमें दिए गए ब्रश को चेंज करना होता है अगर लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड वाले इस ब्रश का इस्तेमाल करें ठोस पदार्थ में है तो ठोस वाले ब्रश का इस्तेमाल करें और यह सभी प्रकार के कचड़े को काफी आसानी के साथ क्लीन कर देता है तो इस मजेदार और ऑल इन वन क्लीनर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर देना इस लिस्ट में हमारा पांचवा नंबर जो गैजेट है उसका नाम है प्रेस कपड़े की स्त्री करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे में आप इस गैजेट की मदद ले सकते हैं केवल एक प्रेस में यह कपड़े की पूरी तरह ऐसी स्त्री कर देता है इसे यूज करने से पहले आपको इसमें दिए गए कंटेनर को बाहर निकालना होता फिर उसका अंदर पानी भरे और फिर इसे अंदर डाल दें यूज करने से पहले इसके ऊपर और नीचे वाले पार्ट को हिट कर दे फिर आप कपड़े की साइज फिक्स करें और इसे प्रेस कर दें। केवल आपके एक प्रेस में यह कपड़े को पूरी तरह से क्लीन कर देता है और कपड़े के अंदर कहीं पर कोई मुड़ाव नहीं देखा जाता तो इस शानदार आयरनिंग प्रेस के बारे में आपकी क्या राय है इसी लिस्ट में हमारा छठा नंबर जो गैजेट है उसका नाम है हाई टेबल इसे अगर आप चाहे तो हाईटेक टेबल भी बोल सकते हैं इसमें आपको कई प्रकार के फंक्शन मिल जाते हैं जैसे की कॉफी को गर्म करने के लिए हीटर मिल जाता मोबाइल को वायरलेस तरीके ऐसी चार्ज करने के लिए चार्जर मिल जाता ट कंट्रोल पैनल मिल जाता है इन सभी के अलावा यह आपको 27 इंच का स्क्रीन प्रदान करता है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं यह एक पावरफुल पीसी देता है साउंड स्पीकर देता है जो कि आप ब्लूटूथ द्वारा कनेक्ट करके उसे ऑपरेट कर सकते हैं यह पूरी तरह से एक हाईटेक टेबल है जिसका इस्तेमाल आप पूरे यूज के लिए काफी आसानी के साथ कर सकते हैं आप चाहे तो अपने घर पे काम करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर या फिर ऑफिस में काम करने के लिए कर सकते हैं। इसके अंदर लगा आर लाइट इसे और भी ज्यादा आकर्षित बनाता है और जरूरत पड़ने पर आप इसमें दिए गए यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी लिस्ट में हमारा सातवां नंबर जो गैजेट है उसका नाम है इक्टर इस ट्रॉली का इस्तेमाल रूफ को बनाने वाले करते हैं यह तो हमारे देश में इस्तेमाल नहीं किया जाता लेकिन विदेशों में यह काफी ज्यादा लोकप्रिय है इस ट्रॉली को आप जिस रूफ की क्लीनिंग करनी है उसके नीचे ले जाकर लगा दे फिर आप रूफ की क्लीनिंग करें और रूफ का साड़ा कचरा इसके अंदर चला जाता है और आप इसे लेके जा सकते इससे आपका समय भी बचता है और आपके वर्कर का पैसा भी और साथ इस ट्रॉली की मदद से अगर आप रूफ के ऊपर किसी चीज को पहुंचानी हो तो काफी आसानी के साथ आप पहुंचा सकते हैं और रूफ को तैयार कर सकते हैं। इस लिस्ट में आठवां नंबर जो हमारा गैजेट है उसका नाम है बियर्ड बैंड प्लस यह एक स्मार्ट कंघी है जिसका स्पेशल निर्माण दाढ़ी की सेटिंग करने के लिए किया गया हर बार तो हम लोग सैलून में नहीं जा सकते और कोरोना के समय में तो और नहीं जा सकते तो इस स्थिति में अपनी दाढ़ी को बेहतर दिखाने के लिए आप इस कंघी का इस्तेमाल कर सकते है यह कंघी ट्रिमर के साथ साथ हरेक प्रकार के ब्लेड के साथ परफेक्ट काम करता है आपको दाढ़ी जिस सेब भी चाहिए उससे आप इसे फिक्स करें और स्ट्रीमर द्वारा या फिर ब्लेड द्वारा सेट कर दें। इस लिस्ट में हमारा नौ नंबर पे जो गैजेट है उसका नाम है साइबर क्लीन यह थोड़ा फनी और क्रिपी टाइप का मटेरियल है इसे आप क्लीनिंग पोटी भी कह सकते हैं यह आपको की टेलीफोन की की स्मार्टफोन के की, की रिमोट के या फिर यह उन जगहों की क्लीनिंग काफी आसानी के साथ कर देता है जहाँ पर जहाँ पर नॉर्मल ब्रूश या अन्य कोई चीज जाके क्लिनिंग नहीं कर पाते यह पोटी आपके गैजेट को बिना कोई नुकसान पहचाए पूरी तरह से क्लीन करके वापस आ जाता है तो इस तंदार वाले गैजेट के बारे में आपकी क्या राय आप इसका हमारा दस नंबर जो गैजेट है उसका नाम है न्यू। एक टॉचलेस डस्टबिन है क्यूँकी इस डस्टबिन के ऊपर सेंसर लगा हुआ है अगर इस डस्टबिन के अंदर आपको कचरा डालना है तो इसके सेंसर के ऊपर अपने उंगलियों को या फिर हाथों को घुमाए ऑटोमेटिक ही दरवाजा ओपन हो जाए फिर आप कचड़े को अंदर डाल दे और यह ऑटोमेट टिक ही बंद हो जाता है इस कचड़े को निकालने के लिए जिस थैले का आप इस्तेमाल करते हैं उसे अगर एक बार आपने इसके अंदर भर दिया तो वह करीब 25 बार उस थैले को निकाल देगा और 25 बार के बाद ही आपको फिर से थैले लगाने की आवश्यकता होती है यह सारे कार करता है इसलिए थैले की पैकिंग भी यह ऐटोमेटिक ही कर देता है सिर्फ आपको निकाल के उसे खाली करना होता है और इस डस्टबिन को कई अवार्ड मिल चुके हैं इस लिस्ट में हमारा ग्यारह नंबर पे जो प्रोडक्ट है उसका नाम है नेवर वेट इसके बारे में मुझे भी तो ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन लेकिन मुझे जहाँ तक पता है यह एक केमिक जिसका छिड़काव आप किसी भी वस्तु के ऊपर कर दे चाहे कागज के ऊपर कर दे या फिर टी शर्ट के ऊपर कर दे या जूते के ऊपर कर दे या फिर ग्लोब्स के ऊपर कर दे उसके ऊपर कोई भी लिक्विड पदार्थ काम नहीं करता चाहे आप पानी उसके ऊपर डाले कोल्ड ड्रिंक डाले या फिर कीचड़ से भरा हुआ पानी डाले या किसी भी प्रकार के लिक्विड पदार्थ को अपने ऊपर ठहरने नहीं देता और सेकंडों में उसे बाहर निकाल देता है अगर इस प्रोडक्ट के बारे में आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आप जाके गूगल कर सकते हैं और देख सकते हैं इस लिस्ट में हमारा तेरह नंबर पे जो गैजेट है उसका नाम है डिस्ट्रेक्टागोन कई बार ऐसा होता है की हम कोई काम करते हैं या फिर दोस्तों के साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं या फिर बॉस के सामने ऑफिस में बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं ऐसे में हमारा यह फोन हमें काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है और डिस्टर्ब करता है ऐसे में कई बार हमारा काम भी खराब हो जाता है तो इस समस्या के समाधान के लिए आप यूज कर सकते हैं इस स्मार्ट टूल को इस टूल के अंदर एक बार में आप करीब चार स्मार्ट फोन को रख के इसे लॉक कर दें और टाइमर शेट कर दें। जितना टाइम आप सेट करेंगे उतने टाइम के बाद आप उसे पिना वापस पा सकते हैं इस बीच यह आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा चाहे फोन आए कॉल आए मैसेज आए कुछ भी है इस लिस्ट में हमारा चौदह नंबर पे जो गमला है उसका नाम है हुआ यह एक स्मार्ट गमला है जो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लैस है इसमें आपको सेंसर सुविधा मिल जाता है यह करीब पंद्रह प्रकार के इमोशन को आपके सामने प्रेजेंट करता है जैसे कि पानी कम होने पर यह इमोशन दिखाता है ज्यादा ठंडा होने पर इमोशन दिखाता है ज्यादा गर्म होने पर इमोशन दिखाता है और ज्यादा अंधेरा होने पर इमोशन दिखाता है बाई अगर आपका पालतू जानवर इसके पास चला जाता है तो पौधे को बचाने के लिए इमोशन दिखाता है इन सभी के अलावा आप चाहे तो क्यू कोड को काफी आसानी के साथ स्कैन कर सकते है तो इस स्मार्ट गमले के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इस लिस्ट में हमारा 15 नंबर पे जो गैजेट है उसका नाम है वेबरूम यह एक सुपर वैक्यूम क्लीनर है जिसका इस्तेमाल आप अपने घर में या फिर ऑफिस की क्लीनिंग करने के लिए कर सकते हैं। इसमें दिए गए क्लीनिंग ब्रूश की मदद से, आप कचड़े को एक स्थान पर लाकर कर दें, और फिर इसके वैक्यूम का इस्तेमाल करके आप कचड़े को इसी के अंदर उठा सकते हैं